अगर फ्री फायर में ये गलती करते हो तो ठीक है लेकिन रियल लाइफ में भूल के भी ये गलती मत करना क्योंकि इस गलती के वजह से आपकी जान तो जाएगी और आपके साथ लाखों लोगों की भी जान जाएगी और देखने की बात यह है कि इतने सारे लोगों के जिम्मेदार आप होंगे तो इतनी बड़ी गलती कौन सी है जानने ऐसी पहले इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं है मन करे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार लोग आई फ्री फायर की ग्रेनिटी की तरह रियल लाइफ में अपने बगल में ग्रेनिटी को ग्लास्ट मत कर